पे हो लगा रा जा जाने दे, गा हाँ। जब सकी भाई खूब हम बड़े गाड़ी हो बड़ी हरिम ग कुछ के नरे बड़ी मैं अस्ति डॉट इन